हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में अब तो मुझे ये बताना होगा पहले मिडिल ईस्ट कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती हैं बहरीन कतर सऊदी दुबई ओमान ये सब कंट्रियाँ मिडिल ईस्ट में आती हैं और अब आपको नाम सुनकर पता चल ही गया होगा कि किस बारे में बात करने वाला हूँ हाँ भाई अगर आपको जॉब अप्लाई करना है बहरीन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी संकोच। अगर आपको दुबई में करना है तो अप्लाई कर सकते हैं आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं होगी आपको कहीं पैसे नहीं देने होंगे आपको किसी के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे आप पूरे मिडिल लिस्ट में जॉब अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी के ऑफिस के चक्कर लगाया बिना किसी के पैसे दिए इतना मत सोचो कि अगर हम किसी के ऑफिस चक्कर नहीं लगाएंगे किसी को पैसे नहीं देंगे तो हमारी जॉब कैसे लगी लग सकती है भाई वही मैं बताने वाला हूं तो जॉ अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर आप अपने जॉब को लेकर सीरियस हैं अगर आपके पास नॉलेज है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें और वो भी पूरी वीडियो देखें क्योंकि आगे के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जॉब अप्लाई करोगे आप जैसा कि मैं बहरीन में रहता हूँ मैं बहरीन का पहले आपको बताता हूँ बहरीन एक छोटी सी कंट्री है फ्रीडम कंट्री है और यहाँ पर एवरेज सैलरी एक लेबर की पच्चीस हजार है जैसा कि मैं बहरीन में रहता हूँ तो मैं बहरीन के बारे में पहले आपको बताऊँगा बहरीन की मिनिमम एवरेज सैलरी है पच्चीस एक मजदूर आदमी की जो बाहर काम करता है उसकी मिनिमम 25000 सैलरी या भी आठ घंटे की उस प्लस ओवरटाइम लगा के वो 35 से चालीस हज़ार रुपये कमाता है अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे भाई बता दो जल्दी मुझे भी अप्लाई करना है मुझे भी अप्लाई करना है अरे यार ऐसा नहीं है पहले सुन लो पूरा आपको अपना प्रोफेशन देखना होगा कि आप किस प्रोफेशन में आना चाहते हो आपका बैकग्राउंड क्या है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है जैसा आपने अगर डिप्लोमा किया है तो किस ट्रेड से किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आई अगर आपने बीटेक किया हो तो किस ट्रेड से किया हुआ है बिजनेस एजुकेशन किया हुआ है तो उसका अलग लाइन होता है जैसा मैं अभी यहाँ पे सेल्स एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर है से काम करता हूँ लेकिन मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर का है मैंने डिप्लोमा किया हुआ है अगर आप भी डिप्लोमा किए हैं तो आप भी इंजीनियर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसे मत जाएँ कि मुझे जो भी मिल जाए मैं उस पर अप्लाई कर दूँ भाई नहीं टाइम लो अप्लाई करो वेट करो आप ये सब जॉब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की एक लोकल वेबसाइट है और वेबसाइट का लिंक भी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो मैंने नीचे टाइप किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं बेसिकली क्या है इस साइट के बारे में ये यह साइट यहाँ की लोकल साइट है जो अपनी जॉब पब्लिश करती है एज ए डेली बेसिस एज ए सेकेंड बेसिस मीन्स अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे फ्यू सेकेंडे को फ्यू मिनटे को टेन मिनटें को ऐसा करके जॉब अप्ली होती है उस पर एक छोटी जॉब भी होती है बड़ी जॉब भी होती है मतलब बीस हजार की भी जॉब होती है एक लाख की भी जॉब होती है दो लाख की जॉब होती है आप उसमें सैलरी एवरेज देख भी लेंगे जैसा कि यहाँ की करेंसी बाहरीनी दिनार है एक बहरीनी दिनार का आज के टाइम में वन नाइन्टी बनते हैं अगर आप सोचें आपको दो सौ रुपये भी मिल रहे हैं तो 197 200, वन नाइन्टी कितने रुपये बन गए तो so, अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं वो भी मिडिल लिस्ट में तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है आप पासपोर्ट बनवा लें और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जो मैंने लिंक दिया वहां पर क्लिक कर जॉब अप्लाई करना चालू कर दें शायद ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके कोई रिलेटिव जो बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं तो हमारी वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उनसे उनकी हेल्प हो जाएगी और इस लिंक के थ्रू आपको ओनली लॉगिन करना होगा वहाँ पे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं कौन कौन सी जॉब वहाँ पे है आप कैसे अप्लाई करेंगे मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा शायद ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो फिर मैं आपको अब आप पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करें वो भी बाहरीन कंट्री में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपको लेकर आ चुका हूँ ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ था इसलिए डायरेक्ट क्लिक कर दिया एक्सपेटेड डॉट कॉम ये आप देख लें अच्छी तरह से ये वेबसाइट है और यहाँ पर यहाँ से डायरेक्टली इन्होंने जॉब के दे रखा है बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताता तो हूँ कहाँ से कैसे करते हैं फिर ये देखें इसका होम पेज है होम बहरीन मैं बहरीन में इसलिए बहरीन उठा के रखा है और सलमाबाद एरिया में इसलिए सलमाबाद रखा है कॉन्टेक्टर स्कैन एग्जिट प्लेस एंड एड यहाँ पर साइन इन क्रिएट अकाउंट आपके आप जब लॉग इन करेंगे तो पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा उसके बाद ये आप ये यहाँ से आप अपना ऐड प्लेस कर सकते हैं फिर मैं आपको आगे बताता हूँ अभी ये इन्होंने सलमाबाद में सिलेक्ट किया हुआ है इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें हमें जॉब चाहिए एक्चुअली ये अप्लीकेशन हर एक चीज़ के बारे में बताता है जैसा आइटम फॉर सेल सेलिंग है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं आइटम ऑरेंटेड कुछ हमें खरीदना तो भी ख़रीद सकते हैं बट हमें इनसे कुछ काम नहीं है बट हम अपने जॉब पे फोकस करते हैं कि जॉब्स जॉब सीकरस हम जॉब पे क्लिक करते हैं हमने जॉब पे क्लिक कर दिया अब देखें यहाँ पे सीएनसी एन ऑपरेट का पहला जॉब आया जो अभी सेकंड एगो किसी ने डाला हुआ है एरिया कहाँ पर सलामाबाद में है स्टील वेल्डर आपको क्या करना है जैसा आपको स्टील वेल्डर का जॉब अप्लाई करना है तो स्टील वेल्डर प्लीज़ सेंड सीवी थ्रू एचआर आर फिर मैं आपको इस पर लेकर आ चुका हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं स्टील वेल्डर की वैकेंसी किसी कंपनी कंपनी ने डाल रखी है और ये ईमेल के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि, कि गल्फ आर्ट ग्रुप ने डाला है ये अब यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो आप इनके ई मेल अपनी सी भेज सकते हैं जिससे कंपनी देख के आपको हायर कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर निकाल कर इनको कॉल भी कर सकते हैं जैसा ये ये बाहरीन का जो नंबर होता है ना वो आठ डिजिट का होता है तो इसमें आपको प्लस 973 आगे लगाने पड़ते हैं तो ये नंबर आप यहाँ से निकालोगे और अगर आप कहीं से भी कॉल कर रहे हो तो प्लस 973 आगे लगा लेना फिर ये एट नंबर मतलब टोटल ग्यारह नंबर हो जाएंगे प्लस 973 फिर 38896677 ऐसा करके करेंगे हम मैं बैग जाता हूँ और दूसरे जॉब पे। जैसा हमें पेंटर अभी मान लो आप सिविल इंजीनियर हो तो हम टाइप करेंगे पहले सिविल इंजीनियर देखें अभी आ गई डाइनमिक सेल्स इंजीनियर रिक्वायर्ड हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये वैकेंसीज अप्लाई विधे तीन दिन पहले पंद्रह तारीख को तो यहाँ पे देखें सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा, ऐसा सब है ये मोबाइल नंबर हो गया ये इनका ब्राइट स्टार बहरीन करके कंपनी है जिन्होंने ऐसा अपना दिया हुआ है अब देखें क्या लिखा है एक्सपीरियंस सेल्स इंजीनियर रिक्वायर्ड मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड विद द प्रोजेक्ट बेसिक सेल्स कैपेबिलिटी एंड द फाइन फाइनलाइजेशन शुड बी able to work on his own right from his inquiries, shocking estimation collection etc. Driving license with good record, appreciable package will be provided for the right द राइट your resume with photographs. विथ फोटोग्राफ्स देखिए आपको सीधा इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जिनको भेज job जॉब कर सकते हो स्टिकर्स है अब यहाँ पर आप, आप एड दे सकते हैं जैसा यहाँ पर एक बंदे ने ऐड दिया हुआ है मैं आपको फिर से बताता हूं। फिर मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूं। यहाँ पे होम पेज पर आप देख सकते हैं मैंने पहले जॉब पर क्लिक किया था अब मैं जॉब सिकस पर क्लिक करता हूं। जॉब सिकस पर आप खुद अपना अपना ऐड प्लेस करते हो कि मुझे जॉब चाहिए जैसा फ्यू सेकंड पहले किसी ने जॉब डाला हुआ सर्चिंग लुकिंग फॉर हाउस मेट और नन्नी जॉब देखें एरमिकोप अप्रूव क्यू एंड मैनेजर देखें इस बंदे का जैसा वन पॉइंट टू ईयर फॉर अ गर्ल्फ एक्स इन क्वालिटी इंस्पेक्टर सर्विसेज देखें ये सब डिटेल इन्होंने दिया हुआ है अपना ईमेल दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है इन्होंने सऊदी से जॉब अप्लाई किया इसलिए इनका सऊदी का नंबर है तो बस ऐसा ही है ऐसे आप देख के कहीं भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं देखें जॉब फॉर सिविल इंजीनियर अब यहां पे लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज आई एम इन सिविल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस और बहुत साइड से एंड द ड्राफ्ट आई हैविंग द ड्राइस ड्राइविंग लाइसेंस टू सो ऐसे आप अपना एड भी दे सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना एड यहाँ पे कैसे दे सकते हैं तो ये मैंने अभी क्रोम एप्लीकेशन में ओपन कर रखा है एज ए फ्राम गूगल से तो आप भी एक्सप्रेटेड डॉट साइट पर जाकर वहाँ पे अपना अकाउंट बनाकर सेम आ सकते हैं फिर हम ये डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लेस एंड ऐड इस पर क्लिक करते ही ये साइड आपको यहाँ पे लेके जाएगा जैसा आपको आप जॉब ढूंढ रहे हो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब्स आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब देखें अभी सीधा ये लेके आपको यहाँ पे आया पोस्टिंग जॉब सिटी अब आपको क्या करना है सेलेक्ट सिटी में बहरीन या कोई भी कंट्री चूज करना है ऐसा बहरीन में चूज कर लिया अदर लोकेशन तो आप यहाँ पर लिख देंगे एनी इन बहरीन नेक्स्ट जाएंगे अभी जैसा पोस्टिंग टाइटल आपको जॉब फॉर सिविल इंजीनियर कॉन्टेक्ट नंबर तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में लुकिंग फॉर सिविल इंजीनियर ऐसा बोल के कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे अपना प्रो, प्रोफाइल पूरी डाल देंगे यहाँ पे नंबर मैं डाल देता हूँ फिर आप यहाँ पे यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डो नॉट डिस्प्ले माय ईमेल एड्रेस डिस्प्ले माय ईमेल मेल एड्रेस फिर आप डिस्प्ले चूज़ करेंगे क्योंकि आपको अगर कोई कंपनी देखती है तो आपको वहाँ से मेल भेजेगी तो पब्लिश कर देंगे आप फिर ये आपको मॉडिफाई एक्टिव एज एक ए प्रीमियम ऐसा बोल के एक और इसका ईमेल आपके फ़ोन में जाएगा जो आप जिस ईमेल से रजिस्टर्ड करेंगे ना उस मेल पे आपको जाएगा फिर वहाँ से आपको ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें एक मेल आ चुका है मैं आपको मेल भी दिखाता हूँ हमें एक मेल आ चुका है थैंक यू फॉर यूजिंग एक्सपर्ट यहाँ से जैसे आप कंफर्म करोगे मैं मेल ओपन करके भी दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जॉब कन्फर्म हो जाएगी एक बार जब जॉब कन्फर्म हो गई तो ऐड वहाँ पर पड़ गया समझ गए आप तो आपका एड यहाँ के लोकल यहाँ के बहरीन कंट्री में पब पब्लिश हो जाएगा जिससे आपको कंपनी रिव्यू करके आपको हायर कर सकती हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करते हैं जिससे हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो कितनी यूज़फुल हुई